तो हेलो गाइस कैसे हो आप लोग बहुत टाइम बाद हम अपनी वीडियो आखिरकार अपलोड कर रहे हैं गाइच तो गाइच यहाँ पर हमारे एक बंदे बैठे हुए थे हम जा रहे थे आराम से पता नहीं क्या यहाँ पे मोजरा कर रहे थे ये तो बाद में हमें इनको नॉक करने के बाद पता चलता है कि ये तो लड़की है और भाई साहब जैसे ही ये नौक हुई इनके बॉयफ्रेंड यानी कि होने वाले आ गए भाई सब इन्हें बचाने के लिए पर उन्हें ये नहीं पता कि गाइच हम जब अभी रैंक कुछ करते हैं तो हमें मारना असंभव है ठीक है देखो गाइच पिछले मैच में मतलब कि पिछले सीजन में हम रैंक कुछ तो कर नहीं पाए मतलब इस डोमिनेटर तक जाके रह गए अब यहाँ पे गाइज मैं देख रहे हो सिक्स छह बंदे क्लच करूँगा एक साथ देखो गाइच देख रहे हो देख रहे हो गाइच अरे हमें कोई मतलब मार ही नहीं सकता इतनी आराम से हम पिस्टल से क्लच करते थे यहाँ पर प्रो लोग पता नहीं क्या पाँच अरे आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ पाँच पर अभी देखो अभी बाकी है भैया ये दादा भी तो किल दे देके जाएंगे तो काइज देखा आप लोगों ने किस प्रकार से हमने यहाँ पे वन वी सिक्स करा है लोग अक्सर वन वी फोर की वीडियो डालते हैं हम डालते हैं वन वी सिक्स की छोटी मोटी बात नहीं काइज अब यहाँ पे हम फोन के बहुत दूर थे ठीक है और हमें एक दिन से बात आई भैया यहाँ पर फिर यहाँ आके देखते हैं ये तो भैया रियल बंदा नहीं है जो परेशान कर रहा था ये तो बोट परेशान कर रहा था हमें यहाँ पे दस घंटे से हम वहाँ कैंपिंग कर रहे थे कि ये बाहर आए और हमें पेले पर ये भाई साहब वहीं बैठ गए जाके और कट कट चलाने लगे बाइक तो यहाँ पे ये बंदा पता नहीं किससे फाइट ले रहा था लास्ट जून में ठीक है सोलह बंदे बचे हुए थे ले ये ऑफलाइन बंदे बहुत मार रहे गाइज आज कल हम बहुत क्लच कर रहे हैं ठीक है ये देखो खतरनाक क्लच है ये सबसे ज़्यादा ऐसे उठा के हम ले जाते हैं इसको नहीं वो कोठी में हम ले गए थे कुछ ऐसा वैसा नहीं करा ठीक है तो कई जहाँ पे हम आराम से लूट रहे थे पता नहीं कहाँ जा रहे तो हमने इनको इधर उधर करके मतलब इतना परेशान कर दिया और फिर इनको पेल दिया अब कई यहाँ पर हम घूम रहे थे फिर हमें आती है एक बंदे की चलने फिरने के आवाज जिसने हमारे बंदे को हम इंतजार कर रहे थे कब ये खड़े हों कब हम इन्हें दें और ये बुलाते पीछे से अपने बंदे को लो हजार चलो और कहा ये जो लास्ट में मरी ये लड़की थी ठीक है समझ रहे हो मतलब इतनी लड़कियां आ रही हैं पबजी में खेलने के लिए समझ रहे हो काफ़ी लड़कियां मतलब हाथ से निकल चुकी हैं वहाँ वहाँ के लड़के तो निकले हुए थे पबजी खेलते रहे अब ये बहुत दादा यहाँ पे थे वो तो भाई कि ले लेते हैं हम थोड़ा सोच रहे थे इन्हें मारे कि नहीं पता नहीं कि हमें देख रहे थे दस घंटे से देखो का जब हमें हम पर गोली चलाओगे तभी हम तुम पर चलाएँगे ठीक है ऐसे नहीं चलाते हैं हम कि अब कहा यहाँ पर देखो हम अच्छे खासे जा रहे थे और रश करने आ गई वहाँ से और हमारे पास कि भैया एम सिक्सटीन नौ गोली में इनको ख़त्म कर दिया हालांकि इन्ह ने हमारी थोड़ी सी हेल्थ छोड़ी थी समझ अब यहाँ से हम जा रहे हैं गाइच तो हम मिल जाते हैं बोट दादा, ये देखो कैसे आ रहे हैं एकदम आराम से बोट बड़े प्यारे होते हैं भाई ऐसे देख के चले जाते हैं किल की पूछो मत एक और बोट हमको मिलेगा गाइच यहाँ पर इसी मैच में बॉट ही बॉट मारे हैं। हमने बस दो ही बॉट दिखाए हैं वैसे तो पबजी वालों ने रिकॉर्ड करके पर हमने छः बॉट मारे थे ढूंढ ढूंढ के बहुत मारे हैं हमने ठीक है अब कई जिसको मारे बाद इसको लूट लेते हैं फिर हमें मिल जाती है प्लेयर गाइच उससे हम हमेशा प्लेयर हम से टैंक मंगाती है कोई हमें मार ना पाए ताकि लास्ट जोन में आराम से पहुँचे एकदम अंदर बैठे बैठे पेट्रोल उठा लो हर जगह से अब कई यहाँ पर पता नहीं है मुजरा कर रहे थे लेट के भागने की कोशिश करते हैं गोली क्यों चलाई इनने हमारे बंदे पर नहीं चलानी चाहिए थी अब नॉक होके निकलो भैया लॉबी ठीक है तो काइज फिर से हम तो कहीं यहाँ पे हम आराम से जा रहे थे पता नहीं क्यों वहाँ पर मीडिया तो बारूद चलाने लगते हैं जबकि इनको पता है हमारे पास टैंक है हमको नहीं मार सकता